How the dog found himself a new master kutte ko naya malik kaise mila ya kutte ne apne liye naya malik kaise dhoonda one dogs were once their own master and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life he was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he कुत्ते भी किसी जमाने में अपना मालिक खुद होते थे और तब तक भेड़िये की तरह ज़िंदगी जीते रहे जब तक ऐसे कुत्ते ने जन्म नहीं लिया था जो इस जीवन से खुश नहीं था ही वॉज़ सिक एंड टायर्ड ऑफ़ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बींग फ्राइड इन अव दो हुआ स्ट्रॉन्ग वन ही वह बीमार था तथा भोजन की खोज में इधर उधर भटकने और अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों से डर डर थक गया था He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth and he set out to find such a master Usne socha thought it over ki uske liye sabse acha yahi hoga ki prithvi par sabse shaktishali vyakti ka naukar hona adekuchit aur vah aise malik ko dhoondhne nikal pada He walked and he walked and he met a kinsman of his a big wolf who was as strong as he was fierce Woh chalta gaya उसे राजा का एक आदमी मिला जो बड़ा सा भेड़िया था जो जितना ही बलशाली था उतना ही इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वह चलता चलता रहा, और वह जितना शक्तिशाली था उतना ही खूनखार भी दे वॉक दे वॉक एंड ऑल ऑफ एस एन दुर्फ लिफ्टोज स्टेड क्विकलीफ दाथ एंड इन टू द बुश एंड क्रेप डीप इन टू दस्ट ऑफ द डॉग वॉज मच सरप्राइज एस कम ओव यू मास्टर ही आस्ट वॉट हैज फ्राइड इन यू सो कैन नॉट यू सी देर इज ए बैर आउट देर एंड बोथ ऑफ आस यू एन मी वे चलते गए या चलते रहे और अचानक भीड़ ये ने अपनी नाक्यार उठाई कुछ सूंघा और तेरी से रास्ते से हटकर रेंगते हुए तेजी में झाड़ियों में घुस गया और घने जंगल में चला गया कुत्ता बहुत आश्चर्यचकित हुआ आपको क्या हो गया मालिक उसने पूछा आप इतना डरे हुए क्यूँ हैं तुम्हें दिखता नहीं कि वहां एक भालू है और वह तुम्हें और मुझे दोनों को खा सकता है सी दैट दैन दुर्फ द डॉब डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम एंड ही लेव द वोल्फ एन आस्क द बे टू बी हिज मास्टर भालू को भेड़िये से अधिक बलवान देखकर या पाकर कुत्ते ने भालू का सेवक बनने की ठानी और उसने भेड़िये को छोड़कर भालू से कहा कि उसका मालिक बन जाए भालू इसके लिए राजी हो गया और तुरंता कहा चलो चलते हैं और गायों का झुंड ढूंढते हैं मैं एक गाय मारूंगा और तब हम दोनों पेट भर खा सकते हैं द बेल लुक आउट फ्रॉम बिहाइंड ट्री एंड देन ही टू रन हे डीपर इन द फॉरेस्ट नाउ वाई डिड आई है डॉग इट इज द लायन द फॉरेस्ट इन दिस पार्थ द लायन ही पेड़ के पीछे से बाहर देखा और, और वह भी तेजी से जंगल की ओर भाग गया अब मैं यहाँ क्यों आया उसने कुत्ते से कहा जंगल के इस हिस्से का नियंत्रण शेर करता है शेर वह कौन है क्या तुम नहीं जानते वह धरती पर सबसे ताकतवर जानवर है अच्छा भालू भाई तब मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो पृथ्वी पर सबसे ताकतवर हो एंड ऑफ दूस द लायन टू बी हिज मास्टर बीस्ट इन दॉरेस्ट लायन एंड नो वन बैड टच द डॉग और फैन दिन एनी वे और फिर कुत्ता शेर को अपना मालिक बनाने के लिए चल पड़ा शेर भी इस बात से सहमत हो गया और फिर कुत्ता उसके साथ रहने लगा और लंबे समय तक उसकी सेवा करता रहा जीवन अच्छे से काट रहा था तारानकन ऐसे वाक्यों का भावानुवाद करना उचित होता है और उसे अब कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि अब जंगल में शेर जितना कोई ताकतवर जानवर नहीं था और कोई भी कुत्ते को छूने या नाराज करने का साहस भी नहीं कर सकता था But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bay cliffs when all of he sudden the lion stopped he gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there then he began to back away very quietly what is it master is anything wrong asked the dog surprise i smell a man coming this way the lion said we had better run for it or we shall be in trouble oh well then i'll say goodbye to you lion I want a master who is stronger than anyone on earth। पर एक दिन दोनों चट्टानों के बीच रास्ते पर अगल बगल घूम रहे थे तभी अचानक शेर रुक गया वह बहुत तेज़ी से दहाड़ा और गुस्से में जमीन पर इतने जोरों से पंजा मारा कि वहाँ गड्ढा बन गया फिर वह चुपकी से पीछे हटने लगा कुत्ते ने चकित होकर पूछा मालिक क्या बात है कोई समस्या है शेर ने कहा मुझे इस रास्ते पर एक आदमी के आने की गंध महसूस हो रही है हमारा यहाँ से चले जाना ही अच्छा है नहीं तो हम परेशानी में पड़ पर सकते हैं अरे अच्छा तब हम आपको अलविदा कहते हैं शेर मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो पृथ्वी पर सबसे ताकतवर हो एंड ऑफ द डॉग वेन टू ज्वाइन द मैन एंड ही स्टेड विद एंड सर्व दि फेथफुली दिस है डॉग इज मैं फिर कुत्ता आदमी के साथ रहने चला गया और वह उसके साथ रुका और वफादारी के साथ उसकी सेवा की ऐसा काफी समय पहले हुआ था लेकिन आज भी कुत्ता मनुष्य का सबसे वफादार सेवक है और किसी दूसरे मालिक को नहीं जानता है